नमस्कार दोस्तों आज बागेश्वर धाम के प्रोहित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके चमत्कारों के किस्से लगातार चर्चा में हैं लेकिन इन सबके बीच सुहानी की एंट्री हो गई है सुहानी एक जानी मानी माइंड रीडर है जो लोगों की मन की बात जान लेती है दरअसल जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की मन की बात पढ़ लेते थे तो वो इसे अपनी इष्ट की कृपा और बालाजी का आशीर्वाद बताते थे और सीधे तौर पर इसे हिंदू धर्म और हिंदू आशा से जोड़ देते थे लेकिन आप सुहानी ने इन सब चीजों को ढोंग बताया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक ट्रिक है कोई जादू नहीं उनके अनुसार ये सारा फीलिंग का खेल है और माइंड रीडिंग का खेल है लेकिन अब बाबा बागेश्वर धाम को सुहानी ने इशारों में संकेत दिया है की वो इसे जादू की तरफ पेश न करे और न ही चमत्कार का नाम दे सुहानी लगातार टीवी पर आकर लाइव लोगों को इसका एग्जाम्पल दे रही है और जागरूक कर रही है और साथ ही अपील कर रही है कि इन धोमियों के चुंगल में आने से बचें लेकिन इन सब के बीच बाबा का दरबार लगता ही जा रहा है आप लोगों का कहना है कि अगर बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगो की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात बताते हुए कागज आरोप समस्या का हल बता देते हैं लेकिन बाबा में कितनी चमत्कारी सकती है ये सवाल अभी भी बना हुआ है